कैसे हो आप सब? I hope आप सब? सब अच्छे होंगे। से खाओ हूँ तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे हम भी सब ठीक है तो जय माता दी क्योंकि है अब नवरात्र का टाइम चला हुआ है तो आज है ब्रह्मचारिणी माता जो दूसरा दिन है नवरात्र का तो जय माता की और अभी काम सब हो चुका है पूजा वगैरह डन हो चुकी है और बज चुके है। और बारा हैं ऑलमोस्ट बारह बजने वाले हैं हमें और अभी हम जा रहे हैं मार्केट थोड़ा सा सामान लेने अपनी ने बेटी के लिए क्योंकि वो लोग वैसे तो हमने तो उसे दे दिया था पर ऐसा होता है कि कुछ सामान बाद में सफल लिए जाए कुछ a few moments later very nice phir sab clapping karenge aapke liye finish kar do pura kar pura kar finish kar do very nice good baby good baby ko hmm. se ha utha ke katori pee jao warna kisi ko kha paogi katori utha ke pee jao sabse darogi bahubali ki tarah bahubali aise utha ke haath se pee jata hai, hai pura तो जरा जरा गाइस भी देखते हैं कैसे वेरी गुड ये तो होता ना। देखे। देखे। देखे देखे। देखे देखे देखे, देखे है ना हम देखेउट करेंगे और थ्रीजर फिनिश करेगा वन टू थ्री इलेवन भी बोल दूंगा मैं ठीक है थ्री सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन वो वो वो है है। है ना? हाँ? वो वो वो वन ना। तो ठीक तो गाय हम आ गए शॉपिंग करके अभी ने... हम आ चुके हैं शॉपिंग करके और अभी फिर छोड़ के हम क्या क्या a mirror on the restroom door voices in her head that mirror what she's heard before oh the things they said to hold her back they never seemed to leave her head and tend to keep her mind at war oh the things i said to hold दो फेम दोस्तों के लिए जो तो तो तो हॉस्टल में वहां पे मिलता नहीं है फेमस दो दो हां ये है थोड़ी सी पेस्ट पिंक जो इसको काम आने वाले हॉस्टल में और है हस्बैंड के लिए नाइट्स एंड ओके हमें जाना है एक फंक्शन में और ये जब वो पेन नहीं है फिर से फंक्शन के लिए फिर मैं आपको दिखाऊंगी देखते हैं हेलो गाइस इन्होंने नाम गिदला انا کومور رہا ہوں انا والا ہوں गणेश का मोटू राम लगता है लगता देखा एक, देखा एक। देखा एक लगाता हूं घर पर तन लगा पर लगा तैयार है राम थैंक यू थैंक यू लाइक शेयर शुक बाय बाय गाइस